आज हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं लेकिन क्या है स्वतंत्रता हमें ऐसे ही मिली है ना जाने कितने वीर जवान इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए फांसी पर हंसते हंसते झूल गए थे ऐसे ही हमारे बीच एक थे शहीद भगत सिंह जो स्वतंत्रता दिलाने के लिए हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आप अपना सहयोग बना के रखिए धन्यवाद